सभी भाइयों को नमस्कार चड्ढा जेंडर वर्क्स की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं टाटा 709 इंजन पे 40 के का डीजल जेनेटर सेट इस वीडियो में आपको जनेरेटर की टेस्टिंग पेंटिंग असम्बलिंग और इससे संबंधित चीज़ों की जानकारी मिलेगी इस वीडियो में आपको जनेरेटर में इंजन बारीकी से दिखाया जाएगा पूरा ओपन करके ऑल्टरनेटर भी दिखाया जाएगा आपको और क्वालिटी पे आप मेन ध्यान दें कि क्वालिटी सामान आपको किस तरीके की क्वालिटी मिल रही है वो इसे आप वीडियो में ध्यान से देखें और कुछ लोग हमारे भाई हमें फ़ोन करते हैं सस्ता जनरेटर के लिए जैसे अस्सी हज़ार नब्बे हज़ार एक लाख की रेंज में वो उस रेंज में हम डील नहीं करते हैं हमारा जो भी जनरेटर आप लेंगे वो मार्केट से महंगा ही है क्योंकि उसकी वजह है कि क्वालिटी हम आपको देंगे और वो क्वालिटी आप ध्यान से देखें कि किस जगह में से आपको मिल रही है बहुत सस्ते जेनेटरों में हम डील नहीं करते हैं हमारे पास जो भी जनरेटर आपको मिलेगा वो महंगा ही होगा मार्केट के हिसाब से मगर क्वालिटी के हिसाब से या चीज़ के हिसाब से वो आपको बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट आपको मिलेगा हमारे सारे जनरेटर जो इनका यूज़ है वो लाइट एंड हाउस डीजे हाउस वेल्डिंग के लिए और कमर्शियल यूज़ जितना भी है छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें इन सब जगहों पर ये एप्लीकेबल है जनेटर और आपको बढ़िया परफॉर्मेंस और बढ़िया माइलेज के साथ ये आपको मिलेंगे पूरा कंप्लीट जनेरेटर आपको मिलेगा जिसके अंदर अल्टरनेटर रेडिएटर टायर ट्यूब रिम एक्सेल सब कुछ हम लोग न्यू यूज़ कर रहे हैं हमारे जनेरेटर न्यू इंडस्ट्रीज जितनी लग रही हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज जो हैं जिन्होंने अभी अभी नया नया काम किया है उन जनेरटरों में अगर वो नया जनेटर में जाते हैं तो चालीस के वी लगभग पाँच लाख के आसपास मिलता है उनको ये जेनेटर उसके हिसाब से वैल्यू फॉर मनी मिलेगा आपको ये सारी इंडस्ट्रीज जैसे कि आपका आटा मिल हो गई छोटी राइस मिल लग रही है आजकल इंटरलॉकिंग प्लांट लग रहा है आइसक्रीम प्लांट लग रहा है वहाँ पे इसका यूज़ आपका आएगा अब आप ये देखिए ब्लॉक है इसका पूरा ब्लॉक खुल चुका है क्रैंक इसकी बन चुकी है क्रैंक और आपका स्लीव इसमें लग चुके हैं आपका क्लिनिंग हो चुकी है अब ये फिटिंग के नंबर पर आ गया है ब्लॉक इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड के हिसाब से पूरा काम हो रहा है आपका यहाँ पे और देखिए जब जो लोग बहुत आपको सस्ता दे रहे हैं वो ये सारा काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पैसा इसी में लग रहा है सारा देखिए इंजन पूरा खुला हुआ है इसकी क्लीनिंग हो रही है अब देखिए इसमें लेबर का भी खर्चा आपका आ रहा है जब इंजन खुल जाता है तो उसको बनवाना भी पड़ता है जब इंजन खुलता ही नहीं है तो आपको पता ही नहीं कि इसमें दिक्कत क्या है बस चल रहा है आपका तो उसकी कोई भरोसा उसका नहीं रहता अभी ये इंजन जो इस तरीके से बन जाएगा ये मान के चलिए दो तीन साल अगर आप अच्छे से मेंटेन करोगे तो ऐसे ही आराम से निकल जाएगा केवल ऑयल चेंज करके आपका चलेगा ये पूरा हेड देखिए क्लीन हो रहा है इसमें अब ये देखिए फिटिंग का नंबर आ गया है इसके इसमें पिस्टन पड़ चुके हैं रिंग पड़ चुके हैं आपके स्लीव है इसमें नई लगी हैं आपकी और अब इसमें हेड लग लगने जा रहा है हमारा अब देखिए हेड लग चुका है अब इसको हेड को टाइट करा जा रहा है आपके अच्छे से हेड टाइट हो जाएगा आपका पूरा देखिए इंडस्ट्रियल ग्रेड का काम है पूरी फिटिंग फिनिशिंग एकदम हाई ग्रेड है आपकी अब इस जनरेटर पर जब लोड डाला जाएगा तो ये आराम से चलेगा कोई बिना किसी प्रॉब्लम के चलेगा पंप भी इसका ओरिजिनल कंपनी का, का फिटिंग होता है पूरा बना हुआ होता है आपका और अब देखिए सामान देखिए किस तरीके से लगता है इसके अंदर आपके लाइनर हैं इसके वॉटर बॉडी है टाइमिंग सील है मेन सील है थ्रस्ट वॉशर है सी आर बेरिंग है चैम्बर पैकिंग है टैपेट कवर पैकिंग है रिंग सेट है और आपका साइड वाटर प्लेट पैकिंग है आपकी टाइमिंग कवर में आपका टाइमिंग कवर प्लेट है टाइमिंग कवर प्लेट के बैक कवर की पैकिंग है इंजेक्टर भी है, एनाबॉन्ड भी रखा है इसमें आपका हेड भी है अब देखिए इतना सामान लगाते हैं इतना सामान लगता है उसी में आपकी इन्वेस्टमेंट है उसी में लागत है आपकी आप जब इतना सामान लगाएँगे हम जनेरेटर में तो हम बिल्कुल हंड्रेड परसेंट भरोसे के साथ देंगे आपको कि उसमें प्रॉब्लम नहीं आनी है कोई प्रॉब्लम छोटी मोटी आती है तो उसके लिए पूरी सर्विस आपको मिलेगी आदमी जाएगा आपकी प्रॉब्लम को दूर करेगा लेकिन जब इतना काम हो गया तो हम नाइन्टी नाइन परसेंट श्योर हैं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको अल्टरनेटर पे आ जाइए देखिए ऑल्टरनेटर आपका ये आ रहा है पंजाब मेड ऑल्टरनेटर है आपका और क्वालिटी है ये हर, आप देखिए क्वालिटी का सामान है पूरा आपका ये ऑल्टरनेटर है इसमें यह पेटी लगी हुई है इसका भी खर्चा आता है हमारा इसमें भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और ताकि ये अल्टरनेट डैमेज ना हो लोग अल्टरनेटर में ही मेन पैसा बचाते हैं उसमें एल्यूमिनियम डाल देंगे आप 20 मांगोगे आपको 15 देंगे 30 मांगोगे 25 देंगे ये हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है इंडस्ट्रियल एकदम हमारा सेटअप है क्योंकि फैक्ट्रियों में हमारी मेन सप्लाई जा रही है अब पेंटिंग पर पे देखिए ये आपका रेड ऑक्साइड का पेंट है जिसको दो बार में करा जाता है दो लेयर रेड ऑक्साइड है पेंट की फिनिशिंग इसी से है पेंट की लाइफ इसी से है कोई ड्रस्टिंग नहीं आएगी किसी तरीके से कहीं से कोई जंग लगने का नंबर ही नहीं आ सकता पूरा रेड ऑक्साइड लगा है वो भी ऑटो रेड ऑक्साइड है ये वो अलमारी वाला नहीं है ये कार वाला रेड ऑक्साइड आपका इसमें फिटिंग में हुआ है पेंट में भी इन्वेस्टमेंट हमारा अच्छा हम आपको देंगे करके देखिए पेंट की क्वालिटी बिल्कुल ऑटो पेंट है ये ये वो पेंट नहीं है जो आप खिड़की पे दरवाजे पे कर रहे हैं ये वो पेंट है जो गाड़ियों में हो रहा है देखिए जब ऐसे तरीके से प्रोडक्ट बनेगा इसकी लाइफ है आप ले जा रहे हो चार साल पांच साल आराम से चलेगा केवल मोबाइल चेंज करते रहिए पानी डालते रहिए बस कुछ आपको करना नहीं पड़ेगा इसके अंदर अब देखिए ये जो जनरेटर ये तैयार हो चुका है इसके अंदर देखिए ये डिलीवरी का समय है और इसमें देखिए कुछ ऐसी हैं जैसे ये टूल बॉक्स अलग से लगा है ये वाटर सेपरेटर है ये अलग से लगा है और कमानी अलग से लगी है ताकि आप हमें जब बाद में फ़ोन करें तो आपको कंफ्यूजन ना हो ये कुछ तीन चार पार्ट ऐसे हैं जो एसेसरी के हैं इसका चार्ज अलग से लिया गया है जनरेटर में इसकी कीमत नहीं इंक्लूडेड है अब ये देखिए टेस्टिंग का नंबर आ गया है ये कस्टमर ले जा चुके हैं उन्होंने हमें वीडियो शूट करके दी है ये उन्होंने साइट पर लगा रखा है उन्होंने हमें वीडियो ये बना के दी थी जहाँ ये लोड पर चल रहा था और कस्टमर सेटिस्फिक्शन है जनेरेटर जाते हैं एक जनेरेटर जाता है चार ऑर्डर और आते हैं क्योंकि जब बढ़िया चीज़ होगी तो आप भी कहोगे चार लोगों को आप बताओगे कि प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है और अगर प्रोडक्ट ख़राब चलेगा तो भी आप चार लोगों को बताएँगे तो इसीलिए हम लोग इस का ध्यान रखते हैं देखिए हमारा नाम लिखा है इस प्रोडक्ट के ऊपर ये कोई देसी जनेटर नहीं है आपका जो आपको किसी छोटी मोटी मंडी में मिल रहा हो ये जनेटर एक ब्रांडेड है प्रोडक्ट है हमारी कंपनी का प्रोडक्ट है चडा जनेटर वर्कस का प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट जहाँ ब्रांड होता है वहाँ क्वालिटी होती है ब्रांडेड प्रोडक्ट में ही क्वालिटी मिलेगी आपको मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी कोई आपको प्रॉब्लम हो कुछ आप जानकारी चाहते हो ऑर्डर देना चाहते हो नंबर दे रखें आप हमें फ़ोन करिए हमें बताइए हमारी शॉप पे आइए चड्ढा नेटवर्कस तिवारीगंज फैज़ाबाद और लखनऊ और बाकी जो भी आप हमसे बात करना चाहें कमेंट करिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और वीडियो में कुछ और देखना चाहें आप तो भी हमें बताइए हम उसको कोशिश करेंगे ज़रूर ऐड करें आप कहीं के भी हों बिहार के हों झारखंड के हों उत्तराखंड के हों एमपी के हों आप हमें ऑर्डर दे सकते हैं डिलीवरी हम कोशिश करते हैं उपलब्ध कराने की जब आप ऑर्डर के लिए बात कर रहे होते हैं उसी समय हम डिलीवरी का खर्चा जो भी आपका पेमेंट लगेगी सब आपको उसी समय इंफॉर्मेशन देंगे क्वालिटी का काम है इसके अंदर जनरेटर में पूरे हर जनरेटर हमारा एक जैसा है क्वालिटी के मामले में और आपको अगर ऑर्डर देना हो आप हमें फ़ोन करिए या व्हाट्सएप करिए सारी कैटलॉग डिटेल आपको मिल जाएगी उसमें फिर आप पसंद करिए कौन सा जनेटर आप लेना चाहते हैं क्योंकि आज की डेट में बहुत मॉडल आ गया है एक ही जनरेटर के अंदर और जो मॉडल आपको पसंद होगा उसी में का आपका हम ऑर्डर ले तैयार हमारे पास आपको नहीं मिलेगा आपको हमें ऑर्डर देना पड़ेगा सात आठ दिन का टाइम देना पड़ेगा और क्योंकि देखिए हर आदमी का यूज़ अलग है डी में अलग तरीके का लोड है टेंट लाइट में अलग तरीके का लोड है आपका वेल्डिंग मशीन का अलग है आइसक्रीम में पाल आइसक्रीम का जो प्लांट लगा है उसका बिल्कुल अलग ही लोड है और इस वजह से जनरेटर में कई मॉडल हमको रखने पड़ते हैं एवीआर है ट्रांसफार्मर है सिंगल बेरिंग है डबल बेरिंग है ट्रॉली माउंटेड है बेस माउंटेड है सिंगल फेस है थ्री फेस है कई मॉडल हैं एक ही जेरेटर में दस यूँ मॉडल उपलब्ध हैं आज की डेट में और इसलिए आप ऑर्डर दीजिए पाँच छः दिन का समय दीजिए आराम से तसली से आपका प्रोडक्ट तैयार किया जाएगा आपको दिया जाएगा कोई प्रॉब्लम आपको आने की चांसेस ही इतने लो हैं हर जगह से काम देखिए मोटर नहीं है और इंजन में पूरा काम है तो और बाकी कुछ इसमें होता नहीं है टायर ट्यूब रिम एक्सेल लोग पुराने डालते हैं हम नए डाल के दे रहे हैं आप इसको किलोमीटरों ले जाइए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हर जगह का कस्टमर मेरे पास है आजमगढ़ मिर्ज़ापुर गोंडा बरेली रायबरेली बिहार में दरभंगा हो गया आपका बक्सर हो गया हर जगह हमारे ग्राहक मौजूद हैं ऑलरेडी तो अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं लंबी हो गई है काफ़ी अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे और अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सअप करिए कमेंट करिए और आपको पूरी डिटेल मिलेंगी और क्वालिटी प्रोडक्ट लीजिए हल्के जनरेटर में मत जाइए केवल अच्छे जनरेटर हम हम दे रहे हैं और भी कई लोग हैं जो अच्छे जनरेटर बनाते हैं आप केवल अच्छा जनरेटर लीजिए देखिए ये एमरजेंसी यूज़ होता है इस जनरेटर का लाइट एंड वाले डी जो के लिए ख़ासतौर पर उनके पास बिल्कुल मार्जिन नहीं है कि ये जनेटर खराब हो जाए रुक जाए तो उनका पूरा पैसा भी फंस जाएगा और उनको कई प्रॉब्लम्स आनी आ कई कई साइटों पर जनेटर तक रोक लिए जाते हैं मारपीट तक होने का नंबर आ जाता है इस चीज़ को हमने करीब से देखा हुआ है इस वजह से हम आपको जो प्रोडक्ट देंगे वो पूरी कोशिश करके ये देंगे कि आपको ऐसी किसी भी चीज़ का सामना ना करना पड़े इसका हम ख्याल रखते हैं इंडस्ट्री वालों का मार्जिन है लाइट टेंट वालों का बिल्कुल मार्जिन नहीं है इसलिए आप अपने बिजनेस को अपने व्यापार है उसका उसको रिस्क में मत डालिए अच्छा प्रोडक्ट लीजिए ताकि आपका भी नाम ख़राब ना हो देखिए सस्ती और अच्छी चीज़ में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता पूरा पूरा ऐसा नहीं है दो लाख का अंतर आ जाएगा ऐसा नहीं है दस बीस पचास तीस हज़ार का अंतर आएगा बहुत अच्छा लेकिन वो पैसा इसमें आपको दिखेगा इस वजह से केवल अच्छे प्रोडक्ट की तरफ जाइए हमसे लीजिए किसी से भी लीजिए लेकिन अच्छा प्रोडक्ट लीजिए हल्का प्रोडक्ट मत लीजिए आज काफ़ी लंबी बातें होगी आप लोगों से और हम फिर मिलेंगे आपसे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए लाइक भी करिए और कमेंट भी करिए हमको और आपको जो भी चीज़ें कमी लग रही हो तो प्लीज़ बताइए हम उस कमी को सुधार करेंगे हमने जब से काम शुरू किया है हर साल जनरेटर में कुछ इम्प्रूवमेंट हम करते आए हैं आपको कुछ चाहिए हो कुछ आपको कमी लग रही हो हमें ज़रूर बताएँ वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और हम फिर मिलेंगे आपसे नमस्कार